जो इंसान महान हाइट पे पहुंचा उसको बहुत रिजेक्शन मिले अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना तो तुम हारोगे और जिंदा का, मतलब, ये नहीं कि जान, का मतलब, कि है, मतलब लड़ रहे हैं ये है ये कोने में रोना स्टार्ट कर फाइट बैक करना ही नहीं लग लगता है कि जो लोग बहुत महान बने जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए लाइफ में उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा अरे दबा के रिजेक्शन मिला है दबा के हारे हैं वो लाइफ में पर हमेशा लड़ते रहे सदी के अमिताभ बच्चन जी जब एक्टिंग नहीं करते थे तो थे तो गए ऑल इंडिया रेडियो रेडियो में इंटरव्यू इंटरव्यू देने कि हमको जॉकी बना तक लिया लिखी है झाड़ू का बच्चा घूम रहा है कुछ रियल लिख के लो दूसरे पब्लिशर रिचक तीसरा पब्लिश पब्लिशर ने उनकी किताब को रिजेक्ट किया। किया। पब्लिशर ने सेलेक्ट चाहती तो गिव अप कर देती, पार हु। तो पार्क बनाई दूसरी बार रिजेक्ट चौथी बार्क बना दी बिलियन डॉलर आरोप जो इंसान महान हाइट पे पहुंचा, उसको बहुत रिजेक्शन अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना, तो तुम हारोगे। जिंदा का कोई रिजेक्ट नहीं करेगा मरने का मतलब पड़े हैं साइड में रो रहे हैं कुछ कर नहीं रहे जीवन तब थोड़ी ना कोई रिजेक्शन देगा तब थोड़ी ना हारोगे जो लड़ेगा भाई